कार मित्रों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका कि नाम है टेक बिहारी जी चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में एम पी को स्थगित करने की जो मांग चल रही है इसके बारे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 19 जून 2022 को होना प्रस्तावित है और हम जानते हैं कि इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं चूँकि इन दोनों पंचायत एवं निकाय चुनाव की अधिसूचना लगी हुई है एवं नगर एवं गाँव में चुनावी माहौल है इसके साथ ही शासकीय कर्मचारी भी चुनाव की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं ऐसे में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे प्रतिभागियों ने शासन से परीक्षा का आयोजन निर्वाचन के उपरांत करने की मांग की है आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आयोग की इस परीक्षा में अनुमानित 10 प्रतिशत शासकीय सेवक भी सम्मिलित होते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को तीन चरण में करवाने हेतु तिथियों की घोषणा कर दी है पंचायत चुनाव का प्रथम चरण पच्चीस जून दो को होना है एवं नगर निकाय चुनाव दो चरणों में होना है जिसका प्रथम चरण 6 जुलाई 2022 को है शासकीय कर्मी जो आयोग की इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं इसी के साथ निर्वाचन संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी शासकीय कर्मियों की है निर्वाचन पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित होते हैं जहां-जहां पंचायत चुनाव का प्रथम चरण में होना है एवं नगर निकाय का प्रथम चरण 6 जुलाई 2022 को होना है उनका प्रशिक्षण 19 जून 2022 के आसपास रहेगा जिससे ऐसे परीक्षार्थी जो शासकीय सेवक हैं उनके साथ असमंजस की स्थिति बन गई है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन के दौरान जिला मुख्यालय न छोड़ने हेतु आदेशित किया गया है ऐसे में परीक्षा में बैठने में दुविधा उत्पन्न हो रही है वर्ष भर इस परीक्षा की तैयारी कर ऐन वक्त पर परीक्षा में सम्मिलित न होना परीक्षार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 23 मई से 27 मई तक दोबारा फॉर्म भरने वालों को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कम समय मिला है जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है परीक्षार्थियों ने इस स्थिति में परीक्षा को स्थगित करने और उसकी तारीखें चुनाव बाद घोषित करने की मांग शासन से की है तो मित्रों ये है आज का, आज का समाचार की कटिंग या कहें आज के आज के अखबारों में आई हुई सूचना परंतु मित्रों अभी एम पी पी एस सी ने ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है अपने वेबसाइट पर तो आप सभी इस तरह की सूचना से को देख कर अपनी तैयारी को कम ना करें अतः अपनी तैयारी करते रहें जब तक कि कोई स्थाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तब तक किसी भी खबर की सत्यता को पूर्णता ना माने और अपनी तैयारी को गति देते रहें रिवीजन करते रहें और एक बार पुनः आप सभी लोगों को आपकी परीक्षा की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद